कर दे भगवान बस चलने वाली है कंपनी का प्रचार है आदमी का फायदा है यही सामान आप बाजार मॉल या दुकान से लेते हैं तो आपको डेढ़ सौ ऐसी नीचे नहीं आएगा कंपनी का प्रचार है मात्र बीस रूपए से आप चेक कर सकते बाबा रामदेव के बाद बाबा श्यामदेव को जी जो रामदेव को जीत <laughs> अगर यही आप दुकान से लेंगे तो साढ़े तीन सौ कंपनी का प्रचार आम आदमी का फायदा मात्र सत्तर ये। ये <laughs> देखने में आया माता बहनाएं बसों में सफर करती हैं उल्टी आती है <laughs> कंपनी का प्रचार है अगर इस नमक की एक चुटकी जीप पे रख ली तो कभी किसी माता बहन को उल्टी नहीं आएगी शाम को हमारे फौजी भाई प्लास्टिक के ढक्कन रूपए में साहब। साहब। का का का गिलास गिलास है, यही है आप कैंटीन से लेंगे तो कंपनी प्रचार मात्र अब यार बस मैं आ रहा था फौजी भाइयों के बाल बहुत जड़ रहे थे बाजार से लेंगे तो साहब साढ़े तीन सौ का इनाम देख लो साहब कंपनी का प्रचार है मात्र पचास रूपए चलती बस में भी लगाइए बाल उगाइए <laughs>